हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लो स्टार अमन में मैं हूं अमन और आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो पूरे देश व विदेश में ट्रेंड हो रहा है हाँ जी तो आज हम बात करेंगे आमिर खान की हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज होने वाली मूवी लाल सिंह चड्डा के बारे में तो देखते रहिए पूरी वीडियो को मिलते हैं वीडियो के अंत में बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान लगभग चार वर्षो के बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगे हाल में ही उनकी एक मूवी लाल सिंह चड्डा जो देश और विदेश में एक चर्चा का ट्रेंड हो रहा है ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर लाल सिंह चड्डा बॉयकॉट काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है काफी समय बाद आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्डा बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है इसमें करीना कपूर भी आमिर खान के साथ एक अहम भूमिका निभा रही है आखिरकार क्यों लोग करीना कपूर और आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्डा का लगातार कर रहे हैं विरोध आखिरकार लोगों में क्या नाराजगी है जो आमिर खान की मूवी का कर रहे हैं विरोध आखिरकार क्यों लोग ना देखने से मना कर रहे हैं लाल सिंह चड्डा को तो आइए हम आपको पूरी विस्तार से इसके बारे में बताते हैं आमिर खान और करीना कपूर के पिछले सालों के बयानों की वजह से लोग इसका कर रहे हैं विरोध लोगों का मानना है कि आमिर खान हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और एक बार करीना कपूर ने भी कहा था कि हम लोगों को हमारी वीडियो देखने के लिए फोर्स नहीं करते लोग अपनी मर्जी से हमारी मूवी देखते हैं आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्डा का विरोध करने वाले लोगों की हमने पोस्ट देखी तो हमने उसमें पाया कि लोग आमिर खान को हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले एक देशद्रोही बता रहे हैं लोग बता रहे हैं कि आमिर खान लगातार अपनी मूवियों में देवी देवताओं का अपमान करते हैं अब देखना ये होगा कि आमिर खान की मूवी का लगातार लोग बॉयकट लाल सिंह चड्डा ट्रेंड करवा रहे हैं इसका कितना मूवी पर असर पड़ता है यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई लाल सिंह चड्डा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साइड में बेल आइकन होगा उस पर प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू टेक केयर